छतरपुर नगर पालिका में मंजू अग्रवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे संजू अग्रवाल ने गधे पर बैठकर विकास यात्रा निकलने वाली जगहों पर प्रदर्शन किया अग्रवाल ने कहा कि इसी गधे पर वह नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों को बैठाकर घुमाएंगे छतरपुर नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ मंजू अग्रवाल द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया गया भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे मंजू अग्रवाल ने गधे पर बैठकर ढोल बाजे के साथ उस जगह पर प्रदर्शन किया जहाँ नगर विकास यात्रा निकाल रही थी उसी पंडाल के बाहर मंजू गधे पर बैठकर नगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलने लगे दरअसल हुआ यूं कि मंजू अग्रवाल कुछ समय से भगत सिंह बंद कर जिले के भ्रष्ट अधिकारी की पोल खोल रहे हैं इसी पोल खोलने के चक्कर में नगर पालिका ने दो दिन पहले उन्हें मकान निर्माण पर नोटिस जारी किया था इसी नोटिस को लेकर मंजू और उग्र हो गए और उन्होंने गधे पर बैठकर अनूखा प्रदर्शन किया उन्होंने यह दावा किया कि इसी गधे पर वह नगर के भ्रष्ट को बैठा घुमाएंगे वही जब नगर पालिका में विकास यात्रा के सामने मंजू अग्रवाल के गधे पर बैठकर अनोखे प्रदर्शन को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष से सवाल किए गए तो वह इधर उधर बगले झांकने लगी और मंजू नेता के अनोखे प्रदर्शन पर बोलने से बचती नजर आई आज मैंने इसका टाइटल दिया मंजू अग्रवाल मैं गधा हूँ इसको इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ इसलिए मैंने टाइटल दिया है की प्रशासन द्वारा आम आदमियों को शायद मेरी दृष्टि से गधा, कीला मकूड़ा एवं गुलाम की दृष्टि से देखा जाता है इसलिए आज मैंने कहा कि गधे में बैठकर मैं इसको विरोध प्रदर्शन जारी करूं। जिससे कि इनकी शायद भ्रष्टाचार अधिकारियों की आंखें खुल सकें नींद निंदा से जग सकें जिन लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने आया हूँ मैं ऐसा लगता है जैसे इन लोगों का बिल्कुल विकास तो विकास यात्रा के नाम पर विकास तो दिखता ही नहीं है बस काली कमाई को अपने घर पर रखा जाता है विकास धरातल पे नहीं है विकास घर अधिकारियों के घर पर है इसके बारे में तो मुझे कोई भी जानकारी मिलेगी सवाल है